हेलो गाइस क्या देख रहे हैं, हैं? काम चल रहा है अभी इधर है, है. आज यहां काम करते हुए पर जा रहे हैं पे ये देखिए में मेरे होटल सर मानव तरफ का रास्ता और ये जाता है गिर डी तरफ चंद्रपुरा तरफ जाता है और जा है हम जा रहे हैं जहाँ काम करते हैं नदी साइड में घाट बन रहा है तो ये काम करते हैं ये देखिए हम लोग का नया पुल बना ये है ये फूस ज्यादा बड़ा पुल है दो साल में कंप्लीट कर दिया और ये देखिए जो नया चिड़िया बना है ये और ये देखिए हाईवा नदी में धोया जा रहा है रोज यहाँ पे भीड़ होता है यहाँ पूछ दो यहाँ से यार देखिए पुल कितना लंबा है और हमारे जान काम करते हैं Like, करना ना हमारा है है और ये देखिए का लग रहा पर हम काम करते हैं झोला निकाल रहे हैं अभी चलिए ये देखिए गिटी अभी तक कोई नहीं आया जितना बार हमें एक सप्ताह से काम कर रहे हैं पे हमें आते सब लोग हमेशा रख दिया अपना चेहरा देखिए चलिए ये रहा चिली माफी तो भर दिया कल से भी हुआ है हैं कैसा दिख रहा है माफी सब किया टकना पड़ेगा लगता है। है। लेवल में करना है। और ये देखिए स्वच्छ भारत मिशन का डब्बा जो बनाया है के लिए और ये देखिए और ये रहा फूल हेलो गाइस मेरा नाम है सोनू कुमार मल्ली और मेरा यूट्यूब चैनल है एस के जीरो पॉइंट टू पहले बनाए थे दूसरा नाम से एस के ब्लॉक्स उसको हटा दिया अब ये भी यूट्यूब नए नाम से बनाए हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करना बोले और ये सही और मेरी नई YouTube ब्लॉग वीडियो बन लाता रहूंगा और ये मे जा रहे हैं पानी ये देखिए